चल प्रदेश से है ये कर्नाटका से है मैम केरला से है ये बिहार से है ये हिमाचल प्रदेश से है ऐसे थोड़ा चलता है जी सर आपके सामने आके कॉन्शियस हो गए अच्छा कोई बात नहीं आप लोगों ने नेताजी के जीवन में बहुत गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया होगा गहराई से किया होगा कि गूगल से किया होगा वो तो भगवान जाने क्योंकि आजकल तो लोग गहराई ही नहीं चढ़ा था तो घर से मम्मी तो पैनिक कर रही थी कि इतने ऊपर जाओगे क्या होगा नहीं होगा पर मैंने जब कल फोटो भेजा वो बादल बादल थे उसका फोटो भेजा तुम क्या बादल के ऊपर थे कि नीचे थे मैं दो से आपसे हर रोज हर रोज नहीं मतलब बात कर चुकी हूँ मेरे सपने में लेकिन मैं मानती हूँ कि सपने देखिए क्योंकि हकीकत में होते हैं क्योंकि आज मैं आपसे सबसे पहले मन में ये था कि हम संसद को देखेंगे करीब आठ दस घंटे हो गए हैं आप लोगों को साथ में ज्यादा से ज्यादा नाम कोई बता सकता है इनमें से कौन बता सकता है मैंने इतने लोगों को नाम और उनका स्टेट अरुणाचल प्रदेश से है ये कर्नाटका से हैं है। मैम केरला से हैं ये बिहार से हैं ये हिमाचल प्रदेश से हैं वो उड़ीसा से हैं नमस्कार सर मैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी से आई हूँ पश्चिम बंगाल से जिसके ऑनरेबल चांसलर आप हैं तो आप सुबह भी बताया था आपने। जी सर तो मेरा नाम सुप्रिया है मेरे मित्र का नाम जो विश्वभारती से ही उनका नाम सिद्धार्थ है और तो। थोड़ा चलता है जी। <laughs> सर, आपके सामने आके कॉन्शियस हो गए? अच्छा कोई बात नहीं देखिए मैंने इसलिए कहा कभी कोशिश करनी चाहिए कभी क्या करते हैं हम लोग कोई मिलता है तो उसको बड़ा कैजुअल लेते हैं लेकिन अगर हम जागृत मन से उसको मिलते हैं अटेंटिव होते हैं, तो आपको वो रजिस्टर हो जाता है जैसे अभी मैं आते ही कहा अच्छा भाई तुम मुझे दोबारा मिल गए आज अभी अच्छा मैंने इस बेटी को कहा का, तुमने वाइसर चांसलर वाला तो सुबह ही मुझे बताया था तो वहां तो मैं चलते चलते मिल रहा था आप लोगों को लेकिन किसी से आधा सेकेंड एक सेकेंड बाद हुआ लेकिन मैंने अभी उसको फिर से दोहराया सही व्यक्ति के सामने दोहराया क्योंकि मैं उस समय भी ऐसे नमस्ते नहीं कर रहा था भले पाँच सेकंड था लेकिन आपसे जुड़ रहा था कोशिश करनी चाहिए जिसे मिले उसकी बात याद रहे चेहरा याद रहे नाम याद रहे धीरे धीरे आपका एक नया एप्टीट्यूड डेवलप होगा और पाँच साल के बाद भी कोई मिलता है अच्छा आप वहाँ मिले तो वही एकदम उसको लगेगा अरे वाह ये मुझे इतना अपनापन से बात करते हैं अच्छा नेताजी की वो कौन सी चीज है जो आप जीवन में लाना चाहेंगे मैं नेताजी से संगठन क्षमता सीखनी चाहूंगी मैं उनसे सीखन सीखना चाहूंगी कि पूरी दुनिया के मतलब नेताजी ने पूरी दुनिया के भारतीयों को एक साथ संगठित करके अंग्रेजों से लड़ाई की वैसे ही मैं चाहूंगी कि हमारे देश के सभी लोग केरला हो तमिलनाडु हो गुजरात हो राजस्थान हो जम्मू हो कहीं पे भी हो सभी एक साथ मिलजुल जो हमारे देश के जो भी प्रॉब्लम है उसके खिलाफ हम लड़े और और एक चीज सीखना चाहूंगी सपना सपना देखना मैं मैं 2015 2015 से से देख रही हूं हर हर रोज रोज नहीं मतलब बात कर चुकी होते हैल हॉल में बैठे थे उसका इतिहास पता है सेंट्रल हॉल being a law person from the law background, I had that बींग ए लॉ पर्सन फ्रम दॉ बैकग्राउंड आई हैचुनिटी टू सिट इन दैट हॉल एंड सी द होल्डिंग आपको मालूम है आप जिस चेहर पर बैठे थे वहाँ देश के कोई न कोई महापुरुष बैठे थे जो संविधान बना के गए उस जगह पर आज आप बैठे थे फील कर रहे थे आप yes, जन्मदिन पहले भी आते थे सदन में हम लोग जाते थे पुल भी चढ़ाते थे और जिस महापुरुष का जन्मदिन है उनकी अगर कोई ऑडियो अवेलेबल है तो सुनने का भी मौका मिल था लेकिन एक पाँच पच्चीस लोग हम चले जाते थे उसमें से विचार है कि देश भर से हर महीने किसी न किसी जन्मदिन में देश भर से अगर नौजवानों को बुलाया है। ये कल्पना ये कार्यक्रम आपने सुना फिर आप आए आज मिले क्या लगा आपको सर मेरा नाम प्रणीत है मैं पंजाब से हूँ सच श्रिया मैं यहाँ पर आके पहली बार रियलाइज़ज़ हुआ कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होती है आज तक उनको किताबों में पढ़ते थे पर यहाँ आके पता लगा जब हम स्टर्ज पर चल रहे थे तब तो भी एक एक बार रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ कितने हमारे मिनिस्टर्स होंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया होगा हमारे लिए सब तैयार किया है वो इस इस सीढ़ियों पर चढ़े होंगे बहुत गर्व महसूस हो रहा था यहाँ पर खड़ आपके सामने बोला बहुत बड़ी बात है धन्यवाद सर सबसे पहले मन में ये था कि हम संसद को देखेंगे जहाँ से पूरे भारत का एक एक हिस्से में जो कुछ भी होता है उसका निर्माण उसकी सोच जहाँ से पैदा होती है दिस इज आयशत रुख्साना फ्रॉम तमिलनाडु एंड इट वज ए ड्रीम कम ट्रू टू कम टू डेली एंड मीट सच वंडरफुल पर्सन एंड टू पे होमेज टू सुभाष चंद्र बोस विज समथिंग दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग बिकॉज फ्रॉम हिम आई लर्न दैट We need to have the courage of patriotism within ourselves, and I feel that he was a true patriotic hero, and I must be like him. And I am very grateful that I meet such leaders like you, who are patriotic as him. Thank you, sir. देखिए मेरा आप सब नवजवानों से ज़रूर सुझाव रहेगा कि आप यहाँ जहाँ भी जाएँ बहुत बारीकी से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए उसको देखने का प्रयास कीजिए कुछ नोट भी बनाने की आदत बनाइए बहुत कुछ है दूसरा बहुत कुछ पढ़िए हैं ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें पढ़िए लेकिन जब मौका मिले अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हैं या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं और जितना ज़्यादा और विविधताओं से भरा खिलाड़ी का जीवन के विषय में पढ़ सकते हैं कला जगत के लोगों को पढ़ सकते हैं उससे जीवन के हरे के जीवन में कैसी साधना रहती हैं कैसे जीवन साधना के साथ तप करके बनता है ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से आप जीवन में और फिर हर एक को लगता है अच्छा उसने ऐसा मैं भी कोशिश करूंगा उसने ऐसा किया मैं भी कोशिश करूंगा वो चीज़ें हैं जीवन में बहुत लाभ करती हैं आपको चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के बहुत बहुत धन्यवाद